बहुत दिनों पहले की बात है पास के एक गाँव में एक टोपी बेचने वाला रहता था वो पास के गांव में जाकर टोपी बेचता था एक बार की बात है पास के गांव में कुछ दिन बेचने के बाद टोपी बेचने वाला अपने गांव वापस जा रहा था वह अपने साथ बहुत सारी टोपियां ले जा रहा था खड़े रहने और कम सोने से वजह ऐसी वह काफी थक गया था उसने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लू उसे सोने के लिए एक बड़ा पेड़ मिला उसने उस पेड़ को देखकर सोचा कि क्यों न इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए मन ही मन उसने सोचा ओह, मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगा और गांव पहुँचने के लिए तेजी से चलूंगा जल्द ही टोपी बेचने वाला गहरी नींद में सो गया घंटो इस तरह से सोने के बाद वह चौंक कर उठा वह उठा और देखा कि एक को छोड़कर उसकी सभी टोपिया गायब हैं। मेरी तोपी, मेरी है उन्हें कौन ले जा सकता था वह जोर से चिल्लाया तभी उसे पेड़ के ऊपर से किसी के चटकारे लेने की आवाज सुनाई दी आ, वे बंदर, वह रोया उसे अब लगा कि वो शायद ही इन टोपियों को उन बंदरों से वापस ला पाए अब वो मन ही मन उन टोपियों को वापस लाने की योजना बनाने लगा जैसा कि कि उसने सोचा वह क्या कर सकता है उसे एक विचार आया उसने जमीन से टोपी उठाई और पहन ली उसे देख रहे बंदरों ने भी टोपियां पहन ली उसने अपनी टोपी उतार जमीन पर पटक दी उसकी इस हरकत को देखकर सब बंदरों ने भी अपने सर से टोपी हटा दी और टोपिया भी नीचे फेंक दी टोपी वाले ने झट से सारी टोपिया उठा ली और तेजी से अपने गांव की ओर चल दिया इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चलें। इससे आप विषम परिस्थिति से भी आसानी से बाहर आ सकते है